yeah year gaa ch munde back yeah ha yeah ha je bu ja mere ha di pat meri har baat har raat ye kalam mere saath main likda geet hun ho aisa veera munde gadiya galliyan si baj jaa geet pe mera muni yaad nahi o palak du likhe a geet hun DJ pakde DJ check John rapper ki yaar da injori da kalma yaar meri soch ke nishane pe sara samachar ki de la faza da faza da main de ik pakke la lo DJ passe me de lalek ki sada dil par dara ek hadd ki bandi tujhe hadd se pyar yeah tujhe hadd se pyar Yeah, gangster, munde be back. Yeah, ha, gangster, a robber's kiatma. Gangster, gangster, munde apna gangster, munde aani dasa. Jail to upar, ho ke ap turu haan, to changa, luki luki baar karu lobe luki zindagi di telasa, ludi. Ghabila hoo, ragra niche do la, dil de baat galla, dil dil me khola sil baat, kisi to ni bola, na bola, abara he kya, koi aadmi mil baat, baasha he koi, na to mana desi job, jaane hundu koi, analege pich gaye gangster bar karne to paila nee so se, na bara bomzar, ap ayaar de baat gidi, unla guy beats. beja sare kare ha beat ye need get a beat for doyla in go galla and need get the beat and to pehla din un beat apa desi gangster lenge full panga ha jo on to danda girahi yeah time out this vibe check one like to you